सुबह सुबह राजे हुई मेरी घर पे आने वाले साले फ्री खाने छह फुट चार की लाश देखने आए बहुत मेरे सामने ना लाश पड़ी मेरी मेरी मा का टूटा दिल जानी देखने वो पारी। उसे कौन संभालेगा बाबा मेरे जाने बाद साले लोग आगे घर पे नही देते आधे बंदे खुश ये भी गया फास बाप के भगत के रास्ते अब कवर करे फास मेरी मौत के बाद ना बीफ खत्म वेरी मेरे कश्मे खुश होते और खाते